हेलो दोस्तों क्या हाल है कैसे हो आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं दोस्तों इसका नाम है इन्फॉर्मेशन हम हाँ, तक आपको पता चल चुका होगा कि आप अपने चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं दोस्तों उसके बारे में मतलब आपको बता रहा हूँ कि अब मैंने कुछ सीरीज़ भी मतलब सीरीज़ के मामले में मान के चलोगे काफ़ी सारी वीडियो मैंने निकाली है दोस्तों और आज हम बात करने वाले हैं आपके वीडियो को वायरल कैसे करें दोस्तों अगर आपने व्यूज़ के लिए देखना है तो मेरी पिछले वीडियो देखी दोस्तों और सब्सक्राइब के लिए देखना है तो भी पिछले वीडियो देखिए दोस्तों पर लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब प्लेलिस्ट है या फिर आई बटन जो आप ऊपर देख रहे हो मैं उसमें डाल दूंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपको आराम से मिल जाएगी दोस्तों ठीक है और आज हम बात करेंगे अपने व्यूज़ को मतलब बढ़ाएँगे और चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्रिप्शन है उसको बढ़ाएँगे दोस्तों और मैं आपको बताता हूँ कि मतलब हम मैं क्या है जितने भी मेरे यूट्यूबर भाई हैं या चाहे कुछ भी किसी को भी मान लो आप जैसे जो YouTube पे वीडियो बनाता है और जिसको पता है वो तो वो काम करेगा दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज मैं आपको एक ऐसी मतलब एक साइट के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों कि वो मतलब आपको देखो बताया तो सब नहीं होगा दोस्तों उसका यूज़ में आपको ऐसा बता रहा हूँ कि वो आपको एक छोटे भाई के नाते मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको ज़बरदस्त व्यूज़ लेके आएगी दोस्तों आपका वीडियो रैंक कर पाएगा उससे मतलब हम आज बात करने वाले टैग्स की कि आप अपने वीडियो में टैग्स क्या कैसे डालें आप अपने वीडियो में पहले तो ये बहुत सोचने वाले कि आप दिखा क्या रहे हैं दोस्तों उसी की उसी से रिलेटेड आपको मतलब वो टैग्स वहाँ पे फाइंड करने दोस्तों ठीक है दोस्तों और मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल कोई बकवास नहीं यार सब कुछ मस्त चल रहा है अभी और आज ले कर चलते आपके अपने मतलब फ़ोन के स्क्रीन पर वेब ब्राउज़र पर और मैं आपको बताता हूँ मैं अपने वीडियो पर जो टैक्स है मैं वहीं से डालता हूं दोस्तों और देखने वाले देखिए यार ना देखने वाले मत देखो मुझे कोई पर परेशानी नहीं मेरा शौक़ है आपके लिए वीडियो बनाना और इन्फॉर्मेशन जितनी मुझे मिलती है उतनी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी पड़ती है दोस्तों मेरी मजबूरी है ये क्योंकि मुझे आप लोगों से प्यार है थैंक यू फ्रेंड्स मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ और देखते हैं अभी आप मतलब अपने यूट्यूब चैनल पर कैसे व्यूज़ बढ़ा सकते हैं दोस्तों और टैक्स के बारे में दोस्तों हम अभी आ चुके अपने YouTube के मतलब सॉरी ब्राउजर में आ चुके हैं जो फोन का ब्राउजर क्रोम ब्राउजर है उसमें आपको सर्च करना है रैपिड टैक्स देख लो दोस्तों सबसे ऊपर आया हुआ है रेपिड टी ए जी एस टैक्स इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आप इसकी साइट को देख पा रहे हैं सबसे ऊपर है दोस्तों और यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यह यूज टूल्स फॉर फ्री मतलब ये चीज इसमें सबसे बढ़िया आप मतलब चैनल की बात करें तो टैग्स वगैरह सब डाल सकते हैं यहाँ से दोस्तों और यूज़ टूल्स फॉर फ्री जैसे मैं आपको मतलब आपने यहाँ पे आ गए दोस्तों एंट्री और वीडियो और टैग्स मतलब जो भी मुझे सर्च करना है अब जैसे मैं कोई मान के चलो सपोज़ मैंने कोई वीडियो बनाई थी अभी पीछे कुछ दिनों में तो मैंने उसमें डाल रखा था कि व्यूज़ कैसे बढ़ाएँ ये डाल रखा था मैंने इसको सर्च किया दोस्तों ये देखिए दोस्तों व्यूज़ कैसे बढ़ाएं YouTube पर व्यूज़ कैसे बढ़ाएं YouTube व्यू कैसे बढ़ाएं मतलब ये वो सारी टैक्स हैं जिसको मतलब लोग YouTube पर फाइंड करते हैं दोस्तों जो अब तक मतलब ढूंढा जा चुका है या फिर ढूंढ रहे हैं ये सब सब रैंकिंग के लिए टॉप रैंकिंग के लिए टैक्स हैं दोस्तों इसको सिंपली आपको यहाँ से कॉपी करना है दोस्तों कॉपी का ऑप्शन भी नीचे दिया हुआ है और यहाँ से कॉपी करने के बाद आप अपने वीडियो में मतलब आइए और जहाँ से एडिट कर रहे हैं वहाँ से वहाँ उसमें डाल दीजिए दोस्तों बस सिंपल है टैक्स वाला जो ऑप्शन है वहाँ डाल दीजिए और मतलब डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन है वहाँ डाल दीजिए और इससे आपका एस भी कंप्लीट हो जाएगा टॉप रैंकिंग में भी आ जाएगा और चलो ऐसे कर सकते हैं आप अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए दोस्तों जी तो फिर दोस्तों कैसा लगा मतलब मेरा वीडियो आपको उम्मीद है अच्छा लगा हुआ दोस्तों और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों इसको चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ये आपका अपना चैनल है दोस्तों और मैं मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों मैं एक ना एक दिन आपकी वीडियो ज़रूर से भी ज़रूर वायरल करवाऊँगा दोस्तों इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा लाइक करना पड़ेगा शेयर करना पड़ेगा ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले भले मुझे कहीं से पैसे दे कोई सॉफ्टवेयर लेना पड़े और उसको मैं मतलब आपको प्रोवाइड करवाऊँ फ्री में तो इसके लिए आपको यार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों ये आपकी मजबूरी है मेरी भी मजबूरी है कि मैं आपको ये सब बता रहा हूँ नहीं तो कोई नहीं बताता दोस्तों तो यहाँ से जो आप अपने टैग्स को कॉपी कर सकते हैं और अपने वीडियो में डाल सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है इसमें मतलब ये नहीं है कि आप कहीं से कोई धोखा कर रहा है यार जनरली यार गूगल पर है यार गूगल का ही सब प्रोडक्ट है गूगल को यूज़ करो और अपने व्यूज़ बढ़ाओ दोस्तों तो हैव ए नाइस डे